कि किइयोहार लेकिन सपने मजा मजा हम हमें के तुम रात में सपने अजीब अजीब आओ तुम्हें कैसे सपने कल आओ सपने तुम नारे तो ना सपने में बना रख लेंगे देख है बूढ़ा ना देखेगा जो तो नहीं आओ तो कौन लाएगा गोरो है तो क्या करिया नहीं गोरो गोरो और काय वो जरूर गोरो हो जे लेगा बोलते उसको करिया हो जे का उ जी गाटा आंख को हां का महाराज जितते चाहे गोरो आदमी हो जे एक आंख को गाटा तो करिया हो जे हां कैसे तुम करे राजा ये ओलो पल्ली है वो लोग कैसे बोले कैसे समय जो मोरी है रानी तो लो तो देखे ना अगर जबानी बर्फ जी वो जब तो कह रहा हैं अगर तुम हमारा सहयोग नहीं करो तो फिर हम पता करेंगे कर हम का। मेरी जवानी किसको मिलेगी कह जाएगे हम हम हम हम जिसको मिले <laughs> गोली, गोली मार मार और तुम्हें तुम्हें तुम्हें जान से मार रहे। हमें मार रहे। भाई अगर को स्वाद नहीं तो करें ऐसी अपनी जवानी ऐसी फालतू बेकार जान दे जब भाई चार जिंदगी मौज करो ठीक है जवानी जवानी मिलेगी, मिलेगी मिलेगी, मिलेगी, या मिलेगी? मेरे किस मिलेगी? इसको मिलेगी या मिलेगी? तो है में हाँ, बैमान सटका है किसी याद तकिया तकिया मजा है जेल दिन जा दो चार साल का जहाँ एक बाल बच्चे होगो खत्म हो जाए नहीं हो जाए सही प्रेम हो बिल्कुल नहीं कैसे जब नौ नौ ब्याह आओ से बता आदमी छह बजे घर में प्रवेश कर जाता, जैसे आदमी आदमी बच्चे वही बज बज ठीक है कि लोग आई सो गई सो गए या नहीं नहीं हम अलग तो मैं को स्वाद तुम जा बताओ सही प्यारे में हो सही प्यार बुरा पे में हो दो ऐसे रजाई की बात कि गर्मी ना दे तो रजा ऐसे रे सो हम तो बूढ़े हो जे फिर हम जवान उम्र को का फायदा में बूढ़ा पे में देखबो और साथ में तब तुम कछु नहीं करा पाओ कछु जो बाल बच्चे नाती नतरा हो जे फिर काहे को प्यार काहे को का प्यार तो वो गया सही के दूर से हम तुम्हें चाहे अच्छे हां अंग अंग बरी विचरी